मंदिर हनुमानगढ़ी अवध क्षेत्र का सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर इसकी महिमा बहुत है ये देखें चार चार चक्कर लगाना है जरा। सांबा यहां बिना गए